करीब दस करोड़ साल की बात थी एक छोटा बच्चा रहता था उस बच्चे का नाम रुनास्मा था वो बहुत ही ब्राइट बच्चा था पर उसे पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं लगती थी बस उसे बस एडवेंचर पसंद था आ, उसके वक्त में वही पहला वाला बच्चा था मतलब फर्स्ट पर्सन फाउंड नेदर पोर्टल मतलब उसी ने ही नैदर पोर्टल को फाइन किया था बट उसे नैदर पोर्टल उतना अच्छा नहीं लगा मतलब नैदर डायमेंशन उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि सारे जीव जंतु मतलब सारे मॉब्स उसे मार रहे थे और वो हॉस्टल मॉब्स सारे सारे के सारे। इसलिए वो फाइंड करना था फाइंड करना चाहता था एक नया डायमेंशन जिसमें वो रह सके अः उसी स्कूल में उसका एक दोस्त था वो भी उसकी तरह ही था पर उसे पढ़ाई पसंद थी एट टाइम उसे एडवेंचर भी पसंद था और एक दिन रुनास ने एक सपना देखा उसमें क्या था कि पूरा डायमेंशन पूरा वर्ल्ड था और जस्ट थोड़े से प्लांट्स से जो ग्लो करते थे वो उसे वो डायमेंशन थोड़ा क्रिएटिव डिफरेंट थोड़ा अलग लग रहा था इसलिए उसने उसे, उसे यूएसबी केबल की वजह मदद से एक रेडियो में इम्प्लांट कर दिया अगर वो रेडियो के अंदर ऑन कर ऑन करता तो वो उस डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर सकता था वही एक ही पर्सन था जो ऐसा कर सकता था पूरे वर्ल्ड में अब तक वही एक था और किसी ने ऐसा नहीं बनाया था उसके पास ये पावर थी एक दिन वो उसमें ही खो गया मतलब टोटल वन मंथ वो थोड़ी ब्लॉक्स कर, कर, करते रह गया था और वो ब्लॉक्स कोई भी नहीं हमारे अनस्टेबल ऑप्शी थे वो फोर्टीन मिले पूरे उस वर्ल्ड में डायमेंशन में उसने उस ड्रीम में उस सब कुछ देखा था सारे चीजें देखे थे और उन चारों में बस फोर्टीन थे मतलब जस्ट फोर्टीन अंस्टेबल ऑब्सिडियन देन उसने उसे ऑब्सिडियन पोर्टल जैसा बना बनाते हैं हम ऐसे ही उसने उस अनस्टेबल ऑप्शि से भी एक पोर्टल बना दिया उस पोर्टल को लाइट नहीं कर पा रहा था वो डा, लावा डाल रहा था फ्लिंटे स्टील डाल रहा था लाइट ही नहीं हो रहा था और सडनली कैसे ही वो पोर्टल लाइट हो गया और सब अमेज थे मतलब जस्ट पूरा अपने आप लाइट हो गया था वो बहुत ही हीस लग रहा था सबको फिर और उसका फ्रेंड जा रहे जीव तो जंतु मार रहे थे परल्ड उसका ड्रीम वर्ल्ड टाइम पास हो गया था मतलब टाइम चला गया था और वन मंथ उसके अंदर वो ऑन्स्टेबल कॉपी स्टोन को फाइंड कर रहा था बाहर हो गया दस साल दस साल में वो कुछ भी नहीं खाया था तो उसी के लिए उसकी हड्डी दिख रही थी उसका हाथ भी अच्छे से नहीं दिख पा रहा था इसलिए जंतु उसे नहीं ऑर्डिनरी अच्छा उस मतलब फिट था उसके सारे ऑर्गन अच्छे थे जब उसने अपने हाथ ना दिखाने पर वो कोई भी एनिमल उसमे मार नहीं रहा था और उसके फ्रेंड को उतना अच्छा नहीं लगा वो डायमेंशन पर रोनासमा उसमें बहुत ही ज्यादा खो गया जिस वही डायमेंशन में रहता था सब कुछ इस डायमेंशन में उस उस डायमेंशन में ज्यादा देर रहने से उसे साइड इफेक्ट हो गया और वो जंगली बन चुका था सारी चीजों को बॉईल करके खा रहा था वो इतना हड्डी हड्डी हो गया कि वो सीधा दिख रहा था स्केलिटन दिखने से उसे विलेज में कोई भी पसंद नहीं करता था वो सब उसे अवॉइड करते थे और विलेज में भी आने से मना करते थे इतना गंदा हो गया था रोनास्मा की सिचुएशन तब रूनास्मा जस्ट उस डायमेंशन में रह रहा था और वही था पहला थियोन मतलब द थियोन किंग जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो वही है सारे लोगों को उबाल के खा रहा था उसने पोर्टल की प्लेस चेंज कर दी थी और दो सौ ब्लॉक दूर पर रख दी थी दूर रखने के बाद वो सीधा पोर्टल टू हंड्रेड थाउजेंड ब्लॉक्स दू, दूर आ गया था दूर आने के बाद रूनासमा को भी नहीं पता था कि पोर्टल चला गया था इसलिए वो अंदर ही रहा था अभी तक और वो उसका फ्रेंड और कोई नहीं हमारे चोर बाई साहब के लाइब्रेरियन था मतलब चोर बाई साहब के एक फ्रेंड लाइब्रेरियन था उस लाइब्रेरियन के ग्रैंडफादर ये रुनास्मा के फ्रेंड है हाँ यही था बैक स्टोरी ऑफ द डायमेंशन यू एंजॉय लाइक्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल बाय